चाइना हाँ, चाइना तो आज आज हमारे साथ सोनी भी है और आज हम करने वाले no Hand Eating Challenge, जिसे कुछ दिखाई नहीं, <laughs> नहीं ये बहुत ही शांत रहती है हाँ ठीक है तो तो हम क्या खाएंगे फर्स्ट और इसमें हम क्या करने हाँ, वाले फूल फूल बताते हैं नो हैंड चैलेंज करने वाले और जिसमें हम लोग टाइमिंग लगाएंगे ले जिसने फर्स्ट खत्म किया जैसे ये ये तो हम हम दोनों को पनिशमेंट देगी और ये नहीं हम दोनों को पनिशमेंट पनिशमेंट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या है।, है तो हम फर्स्ट तो सबसे तो पहले एक दूसरे का हाथ बांधेंगे ठीक है मैं लेके आती हूँ उन्हें सबका तो फ्रेंड्स हाथ सब बंध गए दिखा Então, você ना भी भी खा जल्दी टाइमर तो तो लगा दो भाई मिनट अभी अभी कब तो से पकड़ <laughs> <निकोल नहीं। laughs> तो सोना अभी फट चुका है पांच मिनट लग गए तो स्टार्ट दो हजार साल लग गए देखते मिनट टाइमर लगा देते खाने का शुरुआत करते सबसे पहले जिसका हुआ वो है गो <laughs> <laughs> तो कुत्ता वाली पिरियानी मिले बांटो कुत्तों गाना सुनिए है <laughs> <ना, मुझा। laughs> <laughs> पूरा <laughs> <फिनिस्ट। laughs> पूरा रहा लाइक आई खत्म सॉरी का मुंह देखो। एक है। मुझ देखिए लास्ट में जो सबसे ज्यादा चार जो सबसे ज्यादा अधर जीत गया उसका वो पनिशमेंट दे रहा है कुछ पेन पेपर राउंड जीता नहीं एक एक राउंड ना जीत गए मेरा एक खाते में जाता है तो हुँ, अभी सेकंड राउंड चिप, चिप्स खाएंगे अब मैं सोचो नहीं है कि चिप्स नीचे गिराएं वो सब हम खाने वाले हैं सेकंड राउंड तो हम खाने वाले चिप्स बस खाने वाले हैं यार ये तो क्या प्लान नहीं करता यार यानी मैं तरह कैसे मैं नहीं पता देखिए गोदल से कुआं तक ही पानी है पानी से बाहर वरना मैं वहां से खड़ी नहीं रही हूं मुझे बस हां हारना नहीं, हम्म, हट गया, हुआ, मोबाइल में नहीं आ रही, चले निकल जाओ, मैं सब्जी के साथ नास्ते के साथ ही खा लूँगी। चलते पैसे <laughs> <laughs> साथ <laughs> खाद <laughs> <stas>... मारा खत्म नहीं हो रहा है ये तब तो हां उह फिर देरी करो ये बीच में रख वही या साइड से फाड़ साइड से ही फाड़ जो मेरा मेरा ये दांत है कि नहीं आज ये दांत फट्टा हो वही दांत नहीं है मेरे पास नया नया गिरा ये खत्म खत्म विनम विनम क्या सोनी पहले हो जाए, सोनी में जाए, पहले मैं, वाह, तो अभी सेकेंड, पटाई नहीं, जैक ऐसा जाट नहीं है, थर्ड राउंड चल रहा है जिसमें तो अभी हम पीस पी मारें, और फर्स्ट सेकेंड राउंड में सोनी जीती, और स्ट्रॉम्नेशिको, तो गाइड थर्ड राउंड में हम पीने वाले हैं, पीस, तो फर्स्ट सेट ते ते तो। नहीं। आ, अरे गिर गया अरे ऐसे मत कर, मुंह करेगा और टुक। नहीं हो रहा वो। खरा आएगा मैं रद्द इधर होती है अच्छा साइड कहीं साइड हाँ मैं विनर हूँ चाइल्ड डिस्कार्डी फैमिली नहीं विनर हूँ मैं पहली फुर्सत में निकल नहीं बन गया यार मन जार मुझके नहीं कि हम डिस्कार्डी फैमिली नहीं होने वाला कहाँ हो गया मैं जीती हूँ नहीं मैं भी आधा जीता तो बोल रही हूँ मैं हाँ गिरा तो मेरा क्या <laughs> इस साइड घुमाना जैसे-जैसे आलू उस साइड ही घुमा रही हूँ उन्हें ढक्कन खोलते हैं यार ये पूरा दांत छप गया मेरा <laughs> मेरा मार्किट करा दिया मम्म आह मैं दांत बुक करा दूँ हाँ मैं डिस्कोडिफाइड हो गई हाँ हाँ डिस्कोडिफाइड मैं रोज करती हूँ मैं दांत हाउ राउंड ये सोनी जीत गई हमारी डिस्को डिसक्वालीफाई हो गई बाकी राउंड हां उसमें उसमें जीत सकती हूं मैं हमारी मैं दोनों क्यों मैंने खिंचती ये सब जीत सकते हो ना तो सेकंड राउंड दे सकती हो सेकंड राउंड भाई हां 4 4 राउंड बाकी है आज मेरा बहुत खराब हो गया हूं आ मैं तो हां डिस्कॉ रिकॉइल हो गई आहा श्रेड वाली मैं रोज करती हूं मैं दांतों कराना पता नहीं खा हाँ पाऊंगी सोनी जीत गई हमें डिस्कॉ डिसक्वालीफाई हो गई आखिर हां उसमें उसमें जीत सकती हूं मेरी मैं अंदर क्यों मैं नहीं खींचती ये सब जीतते वन रहा तो सेकंड राउंड दे सकती हो सेकंड राउंड फोर्थ फोर्थ फोर्थ राउंड अभी फोर्थ लेवल है तो अभी मैगी खबा तो वन वन डॉ सॉरी बोले वन टू तीन भी मेरा मेरा तो <laughs> तो मैं भी मैं सोनी सोनी बिना और और मतलब करना पड़ेगा, अभी मुझे तो तो है, मुझे भी, हमें कि बाउल में दिया पता था मम्मी तो चलो पीता हूँ मेरा मेरा भी भी, तो, तो तो नहीं, नहीं। मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं वो गिरा, गिरा, मैंने तो पीके मैंने मैंने किया। किया। पानी पी के हो गया मैं गिरा तो को से हाँ? आ, <laughs> आ, मेरा मेरा। मेरा हाथ। खुल गया। मैंने पहले मतलब। एक तब तक बाय बाय। और और और वीडियो लगा लाइक लाइक कीजिए। कीजिए। शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि बेल आइकन से हमारे वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे और आपको अच्छा लगा